तो कल मैं ना मॉल गया था फैमिली के साथ जब हम वापस जा रहे थे बेसमेंट से तो एक लड़के को देखा बहुत हट्टा खट्टा लग रहा था बिल्कुल एक रोडी जैसा अरे देखिए तो यहाँ कौन है बहुत दिन से खोजा जा रहा था बैंक कहाँ तक इतना मारा ना मेरे को लगता नहीं है वो बच पाएगा किसी को अबे पागल है क्या में चाय चाय तो तो बस बस बस नहीं वीडी ट्रिपाड़ो याद आगे से लेफ्ट। मुझे अकेला तुम्हारा दिमाग उम्र खराब है यहाँ लोगों का साला पेशाब निकल जाता है मेरे सामने और तुमको चाय पीना है मेरे साथ चलो मॉर्निंग मॉर्निंग माय से कहाँ से पागल आ गए? ऐसे नहीं मानेगी चलो जल्दी आए बड़े तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जानते भी हो हम कौन हैं हम लोगों का काम तमाम करते हैं मर्डर करते हैं हम पैसा लेते हैं लोगों से हफ्ता लेते हैं इन जैसे दुकानदारों से हफ्ता लेते हैं हम नशा बेचते हैं और भी बहुत सारा ऐसा गलत काम है जो हम करते हैं और तुम जैसे शरीफों के लिए वो बिल्कुल भी गलत है समझ में आ रहा है मेरा बाल फिर भी चाय पीना है तुमको मेरे साथ तो है है है नहीं में ले ले। आ, उन्हीं। आ, आप इंसान की नहीं है ना। इंसान ना तरह के एक साधारण सा इंसान दिन रात मेहनत करते थे और बहुत दिल लगा कर काम करते थे एक छोटा सा सपना था कि घर होगा लोग होंगे घूमने जाएंगे घूमने का बहुत शौक था व्यापार था हमारा हम व्यापारी थे बहुत बड़े व्यापारी थे कानपुर के ऑर्डर आया काम से गए लखनऊ गए वापस आते हैं तो देखते हैं क्या कि दोस्तों ने धोबे से सारा सामान हथियार लिया सारा व्यापार हथिया लिया हमारा हम तब नहीं टूटे हम बिल्कुल नहीं टूटे हम तब टूटे जब हमें पता चला कि धोखा उन्होंने दिया है जिन्हें हम अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे तीन राथ, तीन रात रात बनारस के घाट के पास ना गंगा की गोद में भूखे सोए हैं हम्म तब दिमाग में साला सिर्फ एक ही गाना गुजता था बार बार बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया आज बता रहे हैं पैसा बहुत है पैसा बहुत है लेकिन वो सुकून नहीं है पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद किसी से बात करके अच्छा लगा किस चीज़ की है गुजारिश तुम्हें क्या है सुकून छिन गया तुमसे किसी को देने के लिए खुशी क्या चाहिए दौलत शहरत या मजहब या चाहिए बस एक चाह दिल से निकली हुई एक सच्ची आवाज़ शब्दों के माया जाल से निकलकर आ समझे खुशहाली की जबाँ को तन्हाई के अंधेरे गलियों में डूबे हैवान ने एक पल के लिए तो महसूस किया सो सुकून का चस्का लग गया वापस पाना चाहेगा उस पल को वो अब मुखौटा निकाल फेंकेगा वो